कैसे हैं आयोग बच्चे होंगे हमेशा की तरह एक वीडियो में और लेकर के आया हूँ आपके लिए तो जो आज का मेरा कंटेंट है फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि आज एम का जो अपडेट आया हुआ है बेटा वर्जन अपडेट है तो हम पहले तो जो आपके पास सेटअप होगा वर्जन 3.95 आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर जो वर्ज़न आया है बेटा वर्जन आ गया है वी आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा वर्जन ये है और हम इसको आपको बताएँगे इसमें क्या अपडेट है और इसको कैसे आपको अपडेट करना है ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट इंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको इसको अपडेट तो ये हमने पुराना जो वर्जन था V395 थ्री V3, उसको मैंने स्ट्रैक कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं MRT V5 टी बेटा तो इसको भी आपको कर लेना है स्ट्रैक स्ट्रैक करने के बाद आपको ये देखिए मैं दोनों चीज़ें भी ये एम में होगी आठ एम के करीब होगी यहाँ पर आठ एम की फ़ाइल है जो कि आपको क्या करना है कैसे अपडेट करना है मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा तो ये आपका देखिए 95 है जो कि पुराना वाला वर्जन है अभी ये जो वेटा वर्जन आया हुआ है इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी फाइल आ चुकी है तो दूसरे फ्रेंड आपको करना क्या है सिंपल आपको इसे कर लेना है कॉपी और इसकी जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा आप उसे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं ये हम कर लेते हैं कॉपी और इस वाले फोल्डर पर हमें कर देना है बेस्ट यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट तो देख सकते हैं फ्रेंड वो जो हमारी थी हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ है अब हमने यहाँ पे एम आर टी डल खुलाए है तो चलिए इसके अपडेट के बारे में इसके नए लुक के बारे में इसके फंक्सन के बारे में हम यहाँ पे यहाँ पे बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं तो चलिए हमने यहाँ पर देखिए हमारा वर्जन आ चुका है थ्री भी है और यहाँ पर जो हमारा एम का थ्री वर्जन आ चुका है नए लुक के साथ और ये भी मेरे पास जो भी प्रैक्टिकल वीडियो आएगा मैं आपके सामने पर प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पे मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा फिलहाल ये अपडेट वीडियो है अपडेट में आपको क्या कैसे करना है सारा चीज़ हम यहाँ पे अपडेट वीडियो दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम का वर्जन V5 फाइव है और ये यहाँ से इंटरफेस है ये इसका इंटरफेसेंट जैसा कि आप देख सकते हो ये एम का न्यू इंटरफेस है अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या क्या करना होता है सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है आपको पता भी होगा इसमें क्या मॉडल्स ऐड हैं मैं उसकी आपको थोड़ी सी अपडेट के बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पे सबसे मैन पहला आप देख सकते हैं कि डिवाइस मैनेजर आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत जाना नहीं पड़ेगा स्टार बार पे नहीं जाना पड़ेगा और सारी चीज़ें आप यहीं से डायरेक्टली डिवाइस मैनेजर को ऑपरेट कर सकते हैं उसके बाद इनका ऑफिशियल साइट है जहाँ पे इन्होंने जो भी डेवलपर है जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ से आप इनके साइड में जा करके आप देख सकते हैं अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इन सारे इतने सारे टैब जो आप पहले यूज़ करते थे वो आपके अलग अलग टैब आते थे और इसमें इन्होंने कॉम्प्रेस करके बना दिया है और मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले एम और कॉलकम टूल पर अभी ये काम चल रहा है फ्रंट मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं एंड्रो अभी काम चल रहा है यहाँ पर ये कॉलकम और एम टी की ये दो जो टैब है ये भी इन पर काम चल रहा है अभी उसके बाद जो बाकी इनमें मेन है मेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे अकाउंट लॉगिंग के लिए बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ये आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके बाद पहला टैब है सबसे पहला ओपो तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर ओप्पो का टैब है ओप्पो में काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने एड कर दिए जो कि बहुत अच्छा देखने को लग रहा है यहाँ पे वी फाइव वी नाइन वी एलेवन लोग कहते हैं स्टूडेंट या हमारे कोई भी सब्सक्राइबर कहते हैं इस तरह में कैसे करना है कुछ जो डबल आइकन है यहाँ पे कुछ चैलेंज लैंग्वेज में अभी इन्होंने किया है क्योंकि तो स्कूल पे अभी भी काम चल रहा है अभी ये बेटा वर्जन पर आया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल और सिंपल यहाँ पे आपको जो भी मॉडल है रियलमी के भी C3 और यहाँ पे C5 C20 सी ट्वेंटी यहाँ पर बहुत सारे मॉडल देख सकते हैं आप एड हो चुके हैं नारजो के ए टेन नारजो ट्वेंटी और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैनो थ्री यहाँ पर लेटेस्ट फाइव प्रो रेनो जेट ये सारे मॉडल यहाँ पे हैं तो आपको सिंपल है वहाँ पे फॉर्मेट अनलॉ करना है और यहाँ पे डबल क्लिक पे कर देना है और आपका जो पोर्ट होगा कॉल कम या मीडिया डे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना पोर्ट आपको लोड कराना पड़ेगा फोन को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इजली तरीके से ये हो जाएगा तो यहाँ पे स्टॉक और स्टार्ट का ऑप्शन है यहाँ पर अगर किसी प्रकार के फार और अकाउंट लगा है तो आप यहाँ से भी इजी तरीके से आप उसको कर सकते हैं बाकी ये बुकों का देख सकते काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पर ऐड उन्होंने कर दिया है इसके बाद हम विवो की बात करते हैं तो वीवो में भी इन्होंने काफ़ी जब बुको में इतना अपडेट किया हुआ है तो वीवो में भी वाई ट्वेंटी वाई ट्वेंटी ये जो भी लेटेस्ट फ़ोन है फ्रेंड मैं आपको बात करना चाहूँगा ये v9 और ये देख सकते हैं आपके सारे मॉडल भी फिफ्टीन v20 v21 जो भी लेटेस्ट फ़ोन है इन्होंने भी अभी एड कर दिया है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वी ट्वेंटी वन भी आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टार बटन को तो दबा करके इसी तरीके से अपलोडिंग टू सी टू काम कर सकते हैं हवाई की बात करें तो हवाई का भी आप जैसे जाते थे तो देखते थे 95 फाइव वर्जन में आपको अलग अलग टैप खोलना पड़ता था बाकी सारी चीज़ें बहुत आपको करनी पड़ती थी यहाँ पे मॉडल्स शो नहीं कर रहा है वो कैसे करेगा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर जो हवाई पर काम करना होता है वो कॉम वन पोर्ट पे काम करना होता है तो जैसे आप टिक करेंगे वैसे ही आपका सी नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा तो जो आप ये तो आपको क्लास में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इसे भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो भी सी होगा सी नंबर आपको सी नंबर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको इरेज एफ इरेज अकाउंट जो भी आपको करना है आप उसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं तो हमें अगर एफ आर है सीधा हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अपना कोर्ट होगा बहुत ईजी तरीके से काम हो जाएगा कोर्ट हमें चाहिए वन जीरो फ्रेंड्स तो ये था हवाई का जो कि एक में ही दे दिया इन्होंने मीडिया टेक क्लसर दे दिया है यहाँ पे हवाई रिमूव आई भी आप कर सकते हैं 1.0 और यहाँ पे आप फ्लैश भी कर सकते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यूएसबी डाउनलोड यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना है फ़ाइल आप देंगे और यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको फ्लैश भी कर सकते हैं मेन इसका जो सबसे होता है आपकी एफ़ आर पी तो आप यहाँ पर एफ भी रिमूव कर सकते हैं अब तो हम बात करते हैं सॉमी की तो सॉमी में भी आप देख सकते हैं फ्रेंड सॉमी में भी इन्होंने जाहिर सी बात है लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोन इन्होंने ऐड किया होगा अभी हमारे पास तो ये टेन प्रो तो नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नोट टेन फाइव जी नोट टेन यहाँ पे एक्स टेन फोर जी एक्स टेन फाइव प्रो इन्होंने इतने सारे मॉडल नोट प्रो जो कि ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है इसमें आपको एम आई अकाउंट लगा हो या इसमें एफ आर लगा हो रिमूव अकाउंट बहुत ही तरीके से आप कर सकते हैं जैसे देख सकते हैं नोट एन नोट सेवन कैसे आपको इसकी लॉकिंग या कुछ भी करनी है तो बहुत हीज़ी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करके और अपना वर्क कर सकते हैं चाहे वो एफ हो चाहे वो एम आई अकाउंट लगा हो क्लाइस करने की बात चले तो जैसे आप क्लास पर क्लिक करेंगे आप सारा ऑप्शन एक ही टाइप में इन्होंने देने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ पर फाइल को जा करके बहुत ही इजी तरीके से इमेज फाइल को दे सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं बहुत ही मतलब इजी करने वाले हैं इस टूल के माध्यम से फ्रेंड जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो ये जो फाइल है ये मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये जो फाइल है मैं दे दूंगा आपको बहुत इजी तरीके से आपको 95 वर्जन वी में आपको इसको ऐड कर देना है और आपका ये वर्क करने लगेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये अपडेट से अगर आपको अच्छा लगा हो अगर ये आप डाउनलोड करके आप काम करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन को दबा लीजिएगा जिससे नए वीडियो आपको तुरंत मिले मिलते हैं किसी ने वीडियो में थैंक यू सो मच